सो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब आई हो प्छे होंगे मैं के पी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूं दोस्तों तो आप सभी को मेरी तरफ से हैप्पी न्यू ईयर नई साल आपके लिए खुशियों भरी हो बहुत अच्छा रहे आपका नया साल आने वाला तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं कि मेरठ नॉर्थ से लेकर और मेरठ वो नॉर्थ इस्टेशन से लेकर और आपको दिखाने वाला हूँ मैं मेरठ साउथ का स्टेशन पूरा दोनों साइड का दिखाने वाला हूं तो आपको पता चलेगा कि कितना कुछ वर्क कंप्लीट हो चुका है इस आर का तो देख सकते हो यहां पर ये कि दूसरा ये नाल आ जाता तो इस पे देख सकते हो डबल पिलर बनाए गए हैं और इसको जोड़ने का काम है वो चल रहा है देख सकते हो इस पिलर को भी और इस साइड के भी पिलर को इसको जोड़ा जाएगा बीच में ये बीम डाला जाता है तो ये तिकोना इस पर पीयर कैप देखने के लिए मिलेगा क्यों थोड़ा सा कर् ले लेता है कि बीच में रास्ता है इस वजह से दोस्तों और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आप लोगों ने अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ के संत के चैनल पर आप सभी देखते रहो दोस्तों और बहुत कुछ इस वीडियो में आप सभी को देखने के लिए मिलेगा और मैं आज आप लोगों को लेकर चलूँगा प्रतापपुर का जो स्टेशन है वहाँ तक तो मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन से लेकर मेरठ साउथ का स्टेशन और आपको बता दो प्रतापपुर का मेट्रो स्टेशन भी दिखाएंगे आर का तस्वीर आप लोग देख सकते हैं ये लॉन्चर लगा हुआ है ये लॉन्चर एक दूसरे से कनेक्ट करता हुआ तेजी के साथ में बायोडक्ट वो कनेक्ट कर रहा है और ये जा रहा है मोदी नगर नॉर्थ के स्टेशन के लिए दोस्तों तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा विजिट करो केपी संत के चैनल पर दोस्तों और मैं लाता रहता हूँ और आप लोगों को दिखाता रहता हूँ तो देख सकते हो ये बायोडेक्ट काफ़ी जोड़ दिया इस इस वाले लॉन्चर ने काफ़ी ज़्यादा ये बायोडेक्ट जोड़ चुका है और आपको बता दूँ क्या ये बायोडेक्ट जुड़ जाने के बाद में फिर इस पर पैराफिट बॉल लगाए जाते हैं भी दोस्तों फिर उसके बाद में इस पर और कुछ वर्क किया जाता है तस्वीरें आप लोग देख सकते हो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के संत को ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट करो दोस्तों दोस्तों तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कि इस लॉन्चर ने यहां तक ये बायोडेट क्लियर कर दिया है जोड़ दिया है यहाँ पर यह लगाया गया था लॉन्चर तो इसने ये मोदीनगर नॉर्थ के स्टेशन की साइड में जा रहा है और आपको बता दूं कि दूसरा लॉन्चर यहां पर लगा हुआ है इसने ये पाँच छः पिलर को कनेक्ट कर चुका है ये और आपको देखेंगे कि ईस्टर्न पेरी ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लोट कॉरिडोर का जो ब्रिज है उसको ये अब ऊपर से उतारा जा रहा है दोस्तों देख सकते हो कि ये क्रॉस कर रहा है इस्टन डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर का जो दोस्तों ब्रिज है उसको देख सकते हैं ये कनेक्ट कर रहा है ऊपर से इसको उतार रहा मेरे प्यारे दोस्तों और यहां से आगे की साइड में आपको देख बता दूं कि स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों क्या स्टार्ट हो जाए देख सकते हो ये जारी हमारे दादरी से स्टार्ट होगी और ये जाएगी लुधियाना पहुँच तक दोस्तों तो ये ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्लट कॉरिडोर बनाया जा रहा है जो कि बिल्कुल ही मालगाड़ियों के लिए ही रूट होगा दोस्तों तो देख सकते हो ये पिलर एक दूसरे से लाइन में लगे हुए कितने सुंदर चमकते दोस्तों और जब इस पर रैपिड रेल दौड़नी स्टार्ट होगी तब आप लोग देखेंगे क्या ही नज़ारा होगा यहाँ का कि एक तरफ ये ई दौड़ेगी हंड्रेड किलोमीटर की रफ्तार से और दूसरा ये 180 किलोमीटर की रफ्तार से रेपिड रेल दौड़ेगी दोस्तों और नज़ारा ही क्या होगा उस टाइम का अद्भुत नज़ारा होगा दोस्तों तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत तो बैलाइकन भा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के संत के चैनल पर मेरे प्यारे दोस्तों तो तस्वीर आप लोग देख सकते हो यहाँ से ये डबल लाइन स्टार्ट हो जाती है डबल पिलर स्टार्ट हो जाते क्योंकि मोदी नगर साउथ का स्टेशन आगे आने वाला और बहुत लंबा चौड़ा स्टेशन बनाया जा रहा है ये स्टेशन इसलिए यहाँ पर बनाया गया है दोस्तों के जो डेली मेरठ एक्सप्रेस से जो लोग ये आपका हरिद्वार के लिए जाएंगे या इधर की साइड में जाएंगे मुरादाबाद साइड में तो वो यहाँ पर उतर सकते हैं और यहाँ से उतरने के बाद में फिर वो बाई बस जा सकते हैं यहाँ तो उतरने के बाद में दिल्ली भी जा सकते हैं मेरठ भी जा सकते हैं तो इसलिए यहाँ पर ये प्लेटफार्म बनाया गया है रैपिड रेल का दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो अभी बर्क चल रहा है तो कहीं कहीं इस पर काटर लॉन्चिंग उधर हो गई हैं इस्टार्टिंग में गाटर लॉन्चिंग की जा रही है और इधर देख सकते हो ये पिलर को एक दूसरे पिलर से जोड़ा जा रहा है दोस्तों और जोड़ा इसलिए जाता है क्योंकि ये यार्ड से लाया जाता है बीम को और बीम को बीच में रखा जाता है फिर ये ये साइड वाले पिलर से जोड़े जाते लेफ़्ट का और राइट का जो पिलर है उसको जोड़ा जाता है दोस्तों तो जुड़ जाता है देख सकते हो और ये आ जाता है प्लेटफॉर्म तो कौन कौश लेवल का तो पहले ही बन चुका था अब जो प्लेटफॉर्म लेवल का जो वर्क है वो चल रहा है दोस्तों वो इस्टेंड किया जा रहा है देख सकते हो ये पिलर इस्टैंड किए जा रहे हैं पलर बना इस पर फ्लोरिंग का काम भी किया जा रहा है दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो तो आप लोग देखो ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में फिर इस पर फ्लोरिंग कर दिया जाएगा तो ऐसे ही वीडियोस देखते रहो दोस्तों के संत के चैनल पर और आगे आपको बता दूं कि सबसे सब बड़ी बात ये है कि आगे ये आपको बता दूं दहली मेरठ एक्सप्रेसवे को ये लाइन क्रॉस कर रही है रैपिड रेल तो वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा आगे जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा आगे शॉर्ट वीडियोस में तो देख सकते हो ये अभी बर्क चल रहा है सेटिंग लगी हुई है ये पिलर को ही जोड़ा जा रहा है दोस्तों देखो उसमें सेटिंग लगी हुई है उसको भरा जा रहा है इनको देखो दो, दोनों को जोड़ा जा रहा है कि बीच में आधा ये बीम होता है वो लाया जाता फिर इसको रखा जाता फिर इसको एक पिलर से दूसरे पिलर को जोड़ा जाता है इनमें कंक्रीट भरा जाता है इस पिलर में और उस, उस वाले पिलर तो देख सकते हो इन पर भी अभी रखा जाएगा देखो ये रखने के लिए है ना इन पर रख दिया जाता है फिर इसमें कंक्रीट भर जा भर दिया जाता तो कुछ इस तरीके से ये जुड़ जाता है दोस्तों तो आप लोग बताना के पी द्वारा वीडियो कैसा लगता है आप सभी को और अच्छा लगा हो तो फिर भी कमेंट करें ख़राब लगा हो फिर भी कमेंट करें और ऐसे ही वीडियोस के पी संत आप सभी लोगों के बीच में लाता रहता है आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है तो आप नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताना कि वीडियो कैसा लगा और आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन भा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के संत के चैनल पर पढ़ आते रहते हैं और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता मेरे प्यारे दोस्तों तो देख सकते हो ये है डेली मेरा टैक्स वे को क्रॉस कर रही है ये आर आर तो देख सकते हो यहाँ पर ये चार गाटर रख दिए गए हैं स्टील के स्टील के गाटर रखे जा रहे हैं इसलिए कि ताकि ट्रैफिक को ना रोका जाए ट्रैफिक चलता रहे तो आपको इधर से भी ये जोड़ेगा देख सकते हो ये बना रहे हैं और ये आ जाता है पूरा एक्सप्रेसवे का एक लूप दोस्तों तो यहाँ से हम ऊपर भी चढ़ सकते हैं और इससे नीचे उतरने के लिए भी है तो आपको बता दो अगर हम सीधे सीधे जाएंगे तो चले जाएंगे मुजफ्फरनगर की होते हुए हरिद्वार निकल जाएँगे और दोस्तों हम यहाँ से अगर राइट में जाएंगे तो हम चले जाएँगे मेरठ के अंदर यानी कि मेरठ सिटी के लिए तो वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये अंडर ये देख सकते हैं ये अंडर पास है ये मेरठ शहर के लिए अंदर चला जाता है और बाहर के लिए ये चला जाता है सीधा बिल्कुल तो दिखाते हैं चल के आपको उधर का उधर के उधर कितना कुछ काम हो गया है कंप्लीट तो वो भी आप सभी देख लो क्योंकि मैं ऐसे ही वीडियोस आप लोगों के बीच में लाता रहता हूं और इंफॉर्मेशन देता रहता हूँ पर तो आने वाले ब्लॉग्स में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा बहुत सुंदर सुंदर ब्लॉग आने वाले हैं कंट्रेट से रिलेटेड तो आप लोग देखो और इन्जॉय करो तो देख सकते हो ये सारे पिलर बन के कम्प्लीट हो गए देख सकते हैं ये एक्सप्रे एक्सप्रेस ग्रोथ करेंगे देखो यहाँ पर पियर कैप का, का काम हो गया इधर ये पिलर बनाए जाएंगे अभी इन पर पाइलिंग हुआ है और पिलर का स्ट्रक्चर खड़ा हो गया अब इसमें रिंग लगाए जाएंगे और रिंग लग जाने के बाद में फिर इन पर कॉन्क्रीट द्वारा भर दिया जाएगा फिर इन पर पियर कैप का काम का का का किया जाएगा फिर यहाँ पर लॉन्चर लगा दिया जाएगा दोस्तों तस्वीरें देख सकते हो ये मेरठ के लिए चला जाएगा जा बिल्कुल सीधा तो आगे रेलवे लाइन को ये क्रॉस कर रही है लाइन तो इसी वजह से यहाँ पर ये डबल पिलर बनाए गए हैं देख सकते हो आगे पड़ेगा वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दोस्तों तो अब यहाँ से हम आपको बता दूँ दोस्तों कि चलेंगे वापसी और मेरठ का आप लोगों को अगले साल देखने के लिए मिलेंगे कंटिन्यू बल्ड ब्लॉग आएंगे आप लोगों के बीच में जहाँ तक भी है और नई नई जगहें दिखाएंगे नई नई जगहें कवर करने वाला हूँ आप लोगों के बीच में तो देख सकते हो ये यहाँ पर इसके एक्सप्रेस के बिल्कुल किनारे से ही ये पिलर बनाया जा रहा है क्योंकि इसे क्रॉस करवाना है दोस्तों और ये देख सकते हो ये चार गार्टर रख दिए हैं इस डेहली मेरठ एक्सप्रेस को क्रॉस करवाने के लिए आर दोबारा दोस्तों तो ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत तो तो बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस देखते रहो के के चैनल पर के लाता रहता है और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तो नई साल है और नई साल की आप सबको ढेर सारी शुभकामनाएँ नया साल आप सबके लिए मुबारक हो मेरी तरफ से केपी संत की तरफ से नए साल की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी लोगों के लिए आपके साल जो आए दिन दुगुना रात चौगनी करे नया वाला साल आने वाला आप सभी के लिए दोस्तों तो देख सकते हो तस्वीरें ये है मेरठ साउथ का स्टेशन आरआरटीएस का दोस्तों तो अभी बहुत तेजी के साथ में इस पे वर्क चल रहा है तो देख सकते हो अभी एक पिलर से दूसरे पिलर को कनेक्ट किया जा रहा है कनेक्ट कर देने के बाद में फिर इस पर गाटर डर रखे जाएंगे और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में दोस्तों इस पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा फ्लोरिंग का काम हो जाने के बाद में फिर इस पर ट्रैक बिछाया जाएगा दोस्तों ट्रैक वो बिछाया जाएगा वो आप लोगों को देखने के लिए मैं तो देख सकते हैं ये जो प्लेटफॉर्म लेवल का काम है उस पर वो चल रहा है ये कौन कौन सैल का काम पहले ही हो चुका था तो अभी इस पर इधर ही यही वर्क चल रहा है इस मेरठ साउथ के स्टेशन पर दोस्तों तो और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे वीडियोस बहुत अच्छे अच्छे तो के पी संत को ना देर करते हुए ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे वीडियोज़ को शेयर करो अपने दोस्तों में हित रिश्तेदारी में जहाँ भी आप कर सकते हो ज़्यादा से ज़्यादा मुझे शेयर करो दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा और कमेंट करके हमें ज़रूर बताओ ठीक है एक लाइक कर दिया करो और कमेंट करके हमें जरूर बता दिया करो कि के संत के वीडियो आप सभी को कैसे लगते हैं दोस्तों तो आगे आप लोग इम्प्रूवमेंट के साथ में ब्लॉग्स देखने के लिए मिलेंगे के संत के चैनल पर तो देख सकते हो ये गाटर लॉन्चिंग की जा रही है इन पर और गाटर लॉन्चिंग हो जाने के बाद में इन पर फ्लोरिंग का काम किया जाएगा दोस्तों तो अभी तो गाटर लॉन्चिंग का ही काम चल रहा है और इधर ये देखो फ्लोरिंग के लिए सेटरिंग बिठाना स्टार्ट कर दिया इन्होंने इधर ये फ्लोरिंग का काम हो रहा है देख सकते हो ये फ्लोरिंग की जा रही है ना तस्वीरें आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से तो आप लोग बताना और ये है ई जो कि हमारे उत्तर प्रदेश के दादरी से इस्टार्ट होती है और ये लुधियाना के बंदरगाह तक जाएगी दोस्तों और वहां से ये ट्रैक बिल्कुल कंप्लीट हो गया है बनके अब इस पर चलना ही स्टार्ट हो जाएगा खोल दिया जाएगा कुछ दिनों में तो वीडियोस आने वाले हैं और लाइक शेयर कमेंट करना ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना दोस्तों तो चलिए मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय बाय जय हिंद जय भारत गाइड मिलते